मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ का शानदार आगाज हो चुका है जिसमें अगले 13 दिनों तक 27 खेलों में 6000 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे कार्यक्रम में गायिका नीति मोहन अभिलिप्सा पांडा और गायक शान ने प्रस्तुति दी इसके अलावा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध रमेश शिवमणि और ग्रुप द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रस्तुति भी दी गई वही इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधा राजे सिंधिया मौजूद रही इस अवसर पर सीएम शिवराज ने जीतने वाले खिलाड़ी को पांच लाख रुपए सम्मान राशि देने की भी घोषणा की भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधा राजे सिंधिया मौजूद रहे मुख्यमंत्री शिवराज ने घोषणा की की जीतने वाले खिलाड़ियों को पांच लाख रूपए की सम्मान राशि दी जाएगी खेलों में आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ियों को सम्मान राशि देंगे ताकि आने वाले खेलों के लिए खिलाड़ी अच्छी तैयारी कर सकें। वहीं अभिनेता जय भानुशाली ने कार्यक्रम को होस्ट किया। कार्यक्रम की शुरुआत में अभिलुप्सा पांडा द्वारा हर हर शंभु और नटराज डांस ग्रुप की प्रस्तुति प्रिंस डांस ग्रुप द्वारा जी की वसुदेव कुटुम्बकम पर शानदार डांस प्रस्तुति दी गई समारोह में मशहूर गायक शान जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थीम सॉन्ग को आवाज दी है उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी गायिका नीति मोहन ने नर्मदा अष्टक की प्रस्तुति दी स्टेडियम के मुख्य ग्राउंड पर लगभग 100 मीटर लंबा स्टेज बनाया गया था जिसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाया गया था इसमें नर्मदा घाट खजुराहो मंदिर भीम बेटिका महाकाल महालोक सांची स्तूप ओरछा के मंदिर भेड़ा घाट और ग्वालियर फोर्ट बनाया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स दो के शुभारम्भ कार्यक्रम में लेजर शो आतिशबाजी की रंगारंग प्रस्तुति भोपाल वासियों को देखने मिली खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों की प्रतिभा निकालने के लिए मध्य प्रदेश में धन की कमी नहीं रखी जाएगी खेलते रहो और बढ़ते रहो 18 खेलों की 11 खेल अकादमिया मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले खेलों में मध्य प्रदेश का स्थान कहीं नहीं होता था लेकिन पिछले खेलों इंडिया यूथ गेम्स में